कमेडियन भी हीरो के करने लगे। ए, चलो जल्दी करो। सर आप इंटरव्यू के पहले कार लॉक क्यों कर रहे हैं मेरा स्टाइल ही ऐसा है हाँ। इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले डोर लॉक कर देता हूँ कहीं इंटरव्यू से पहले भाग गए तो? ओहो। बीच में अगर कहीं रुकना पड़े तो चाहे जो हो जाए नहीं हाँ। खुलेगा बताया ना मेरा स्टाइल ही ऐसा है आप बताओ तुम्हारा सफर कैसे शुरू हुआ था पत्थर ऐसी ये लोग कौन है सीएम साहब के लोग हैं। तो तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? मैं उनकी बेटी के पीछे पड़ा था तो आप ये लोग मेरे पीछे पड़े ये बात तुमने अब तक क्यों नहीं बताई मैं आपको इंटरव्यू दूंगा तो मैं कहीं और पहुंच जाऊंगा इसलिए सोचा आपको इस चेस की कैप ही बुला लूँ कैब रहिए उनके नजदीक आने तक मेरा इंटरव्यू फिनिश कर दो मेरी लाइफ कोई करो सर अरे मौत सामने खड़ी है और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी लाइफ को दुनिया के सामने लेकर आऊँ ये कोई टाइम है इंटरव्यू करने का क्या सर आप बीच में नहीं रुकने वाले थे गलती से कह दिया था अब डोर लॉक तो खोलो <laughs> ये क्या है कितनी टेंशन में तुम गेम खेल रहे हो टेंशन कम होगा ना इसलिए जंगली रमी खेल रहा हूँ अरे मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ डोर जल्दी आगे आगे आगे. सुनो भाई, हरिया हाँ. बाद में करेंगे पहले मुझे इनसे बताओ. हाँ? सुनो, हाँ? मेरा गला सूख रहा है हाँ? कुछ पीने का इंतजाम हो सकता है वन सेकेंड सर ये लीजिए पीजिए अरे इसे ऐसे ऐसे कैसे पी सकते हैं दिमाग है कि नहीं जरा इस नारियल को बाहर पकड़िए इससे क्या होगा अब देखो बात गटक लो जल्दी कर। अरे ये, ये लोग लगता है मेरा चीज कबाब बना के रहेंगे अरे अपने सबसे तो क्षति उड़ गई ओपन एर, ओपन इंटरव्यू के लिए कमान खबो जल्दी कर क्यों बे मिस्टर पॉल प्लीज़ उतरू मैं पहले ऐसी अरे कौन लोग आई है जब आकर थूके हुए पीछे पड़ गए हैं जरा फोन दीजिए तो हमारा खुद का फोन नहीं है टू हंड्रेड कैब अर्जेंट ऑन रिंग रोड दो सौ कूल कैब किस लिए क्या यार इतनी सारी टैक्सी में उनकी टैक्सी कौन सी कैसे पता चलेगा यार ये तो सच में बहुत ओहो, लाइफ का सबसे घातक इंटरव्यू तू जा भाई ये क्या है मेरे ऑटो में सिर्फ यही बच गया डैमेज का एक लाख दो आ? एक लाख हेलो चेक तो कैश। क्या चेक क्या कैश जो कुल कैब तुमने बुक की थी उसके पैसे उसका बिल हुआ है दो लाख रुपए। दो लाख रुप।